दुनियादारी से दूर अपने में मस्त कलंदर रहता है मेरे, मेरे सुबह शाम दोपहर रात जब मर्जी चाहे ललकार लेना तुम्हारे सिर्फ हाथों में मेरे तो इरादों में खंजर रहता है बातें तो बड़ी बड़ी कर दी जब वक्त आया तो हौसला नहीं जुटा पाए जनाब जब वक्त आया तो हौसला नहीं जुटा पाए और जो लोग हमारा फायदा उठा गए वो अपनी के लिए सोच नहीं जा पाए।